वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड थ्योरी की फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूं पिछली क्लास में मैंने आपको मेटल्स चैप्टर का पार्ट थ्री कंप्लीट कराया हुआ था जिस किसी ने भी मेटल्स चैप्टर का पार्ट वन पार्ट टू तथा पार्ट थ्री नहीं देखा हुआ है वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकता है आज का टॉपिक है फोर्जिंग एंड प्लेट स्मृति जो कि चैप्टर नंबर छह है अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं फोर्जिंग क्या है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट निर्माण करने के आकार में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उसका सेप जो है चेंज करना पड़ता है इसलिए हम फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं ये भी हम बोल सकते हैं फोर्जिंग एक प्रकार की कार्य है जिसमें स्टील या लॉट आयरन को गंद करके हथौड़े द्वारा चोट लगाकर अथवा पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा किसी निश्चित आकार में बनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है ठंडी अवस्था में धातुएं अधिक सामर्थ्य तथा इलास्टिक होती है नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉर्मेशन करना धातु की ठंडी अवस्था में कठिन होता है मतलब किसी भी मेटल्स को अपनी पूर्व अवस्था में लाने के लिए अगर उसे कोल्ड कंडीशंस कर में करेंगे तो काफी मुश्किल होगा इस कारण से हम प्रोसेस करके उसे अपनी पूर्व स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा धातुओं को प्लास्टिक गर्म करके एक्सटर्नल कर वांछित आकार में बदलने की प्रक्रिया फोर्जिंग कहती है मतलब कि धातुओं को प्लास्टिक स्टेट कर मतलब किसी भी मैटर्स को जितने भी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है उसमें चेंज करके एक्सटर्नल बाहरी बाहरी आकार को वांछित आकार में बदलने की प्रक्रिया फोर कहलाती है अब हम आ हैं नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज ऑफ फोर फोर्जिंग के क्या क्या लाभ होते हैं अब हम देखेंगे फोर्जिंग के हमारे बेनिफिट क्या क्या है यह धातुओं की आंतरिक संरचना को शुद्ध करता है नेक्स्ट हमारा धातुओं के कणों को संरूप दिशा में बदलकर धातुओं को सामर्थ्यवान बनाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट से धातु को वेस्ट किए बिना मोटे मोटे जॉब को फोर्स कर सकते हैं ये तो हमारा मेन फोर्जी के एडवांटेज होगा गए अब डिस एडवांटेज ऑफ फोरजीन फोरजिन से हानिया क्या क्या हैं फोरजीन के जो धातुएं गर्म होने पर भंगुर हो जाती हैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकते मतलब जो धातुएं गर्म करने पर भंगुर हो जाती हैं उन्हें हम फोर्स नहीं करते हैं नेक्स्ट फोरजिन हमेशा धातु के अनुसार उचित तापमान पर ही करना संभव है नेक्स्ट है गर्म अवस्था में हवा के संपर्क में आने से पक्षीकरण होता है ये हमारे हो अब हमारे अब दो टाइप की होती है एक है हैंड फोर्जिंग दूसरी है मशीन फोर्डिंग अब हम देखेंगे हैंड फोर्डिंग का मतलब ऐसी जो कि हम हाथ के द्वारा करते हैं उसे हम हैं हैंड वोर्जिंग बोलते हैं और मशीन फोर्डिंग का मतलब ऐसी जो हम मशीनी प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसे मशीन फोर्डिंग कहते हैं अब देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में हैंड फोर्जिंग क्या है हैंड फोर्जिंग में जॉब को गर्म करने के बाद एनविल पर रखकर हैंड फोर्जिंग टूल्स की सहायता से फोर्जिंग कार क्रिया करते हैं उसे हैंड फोर्जिंग स्मृति भी के नाम से जाना जाता है अब देखिए मशीन फोर्जिंग क्या है मशीन फोर्जिंग में पावर हैमर या मशीन का प्रयोग करके जॉब पर फोर्जिंग कार्यक्रम या कार्जिंग की जाती है यह हमारे लोग हैंड फोर्जिंग मशीन फोर्जिंग अब आ जाए फोर्ज फोर भी हमारा से होता है फर्स्ट सेकंड फोर फोर टेबल अब देखिए, प्रोसेस एक भट्टी के अंदर तक किया जाता है मतलब ये एक भट्टी है, इसी में स्टेशनरी प्रोसेस किया जाता है अब इस भट्टी के क्या क्या पार्ट्स हैं? ये हमारी चिंगनी हो गई इससे धुआं निकलता है यह हमारा फूड हो गया यह हमारा टॉयट हो गए ये वाटर टैंक हो गया ये हमारा एयर फ्रीट पाइप हो गया ये हमारा ब्लोअर हो गया ये हमारे लेब्स हो गए ये हमारा वाटर टैंक इस तरीके से ये भट्टी के पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे स्टेशनरी फोर्स है क्या चीज़। इस प्रकार की फोर्स केवल एक ही स्थान पर फिक्स होती है मतलब स्टेशनरी फोर्स का मतलब इस प्रकार की जब हम फोर्टिंग करते हैं तो जो भट्टी होती है एक ही जगह पर फिक्स होती है का मतलब इस प्रकार की भट्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं यह स्टेशनरीबल इस भट्टी फोर्थ फोर्थ में जो फोर्टिंग प्रोसेस करते हैं एक ही जगह पर सफाई होती है और फोर्टेबल का मतलब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं नेक्स्ट हमारा लाइटिंग ऑफ फोर्स मतलब फोर्जिंग जो भट्टी होती है उसमें जो जो ईंधन लगता है ईंधन को फ्यूल बोलते हैं तो ईंधन जो लगता है उस ईंधन के बारे में आप बताएंगे गया ईंधन जैसे कि पत्थर का कोयला जो को की एक लकड़ी कायला मतलब लकड़ी का कोयला भी हम यूज कर सकते हैं इसमें यह बहुत स्टील कॉस्टिंग के लिए मतलब स्टील की जब हम कॉस्टिंग करते हैं तब हम लकड़ी के कोयले का यूज नेक्स्ट हमारा ये कोकोमिन को गर्म करके कोक बनाया जाता है नेक्स्ट हमारा तेल गैस है मतलब कि ये जो तो चार चीजें हैं ये भट्टी में इनमें से कोई भी एक चीज मतलब जिस तरह का मेटल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूल यूज करके उसे भट्टी में गलाते हैं नेक्स्ट है के के अतिरिक्त अन्य मतलब करते समय में किन-किन टूल्स टूल्स की आवश्यकता पड़ती उन बारे मैं बता रहा हूं सबसे पहले ब्लोअर एक पंखे जैसा उपकरण है ये जो आपके सामने दिख रहा है ब्लोअर का मतलब है हवा फीकने वाला इसी का नाम प्रेक्टिकल में प्रोअर दिया गया है इसमें एक फैन लगा होता है फैन की स्पीड होती है 3000 तीन मतलब राउंड पर मिनट ये फैन जो है 3000 राउंड पर मिनट की स्पीड से मूव करता है और इससे जो एयर निकलती है उसके बाद में जो फ्यूल होता है वह तो जलता है नेक्स्ट हमारा रैग रैग का मतलब है रैक को बोलते हैं भी बोल सकते हैं रैक मतलब कोयला डालने के लिए लिए भट्टी भट्टी में में में कोयला कोयला डालने डालने के लिए एक का का कार्य होता होता है है है और इसका आगे का से आयता कार होता है। इसे हम रैक बोलते हैं जो कि भट्टी में डालने के आता नेक्स्ट हमारा स्कावर। ये हमारा बेलचा है में कोयला डालने तथा मतलब कोयला डालने के लिए होता है और सावल का यूज़ में जो भट्टी होती है उसमें कोयला डालने तथा निकालने के लिए है। सावल हैं। जो ये बना सावल का। और आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट हमारा पोकर मतलब ये जो हमारा पोकर बना हुआ है मतलब की जो भट्टी में फ्यूल होता है उसमें एयर पास करने के लिए हम पोकर का यूज करते हैं पोकर एक तरीके का पूजा मतलब नुकीला ये रात को गिराने के लिए पोकर का यूज करते हैं इसकी से इस तरीके से होती है नेक्स्ट हमारा है फोर्टिंग टेंपरेचर हमारी जो तीन तरह की मेनली मेटल्स हैं जिसमें कि कार्बन की परसेंटेज अलग अलग होती है अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखिए लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील अगर हम लो कार्बन स्टील तो इसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड। से अगर हम कल्याण स्पीड स्टील फोरजी करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट, मतलब से ग्यारह सौ डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखते हैं इस तरीके से यह आज मैंने आपको फोर जी एंड का पार्ट नंबर वन कराया हुआ है कल मैं आपको तो का नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा जिसमें कि जितने भी टूल फोर प्रोसेस में यूज किए जाते हैं उन सारे के बारे में आपको तो बताऊंगा अगर ये वीडियो आपको तो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक like करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच माय वीडियो